नमस्कार दोस्तों जीएसटी लॉ में यदि आप एज एन एस रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आपका पैन नंबर एक बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है जिस पर बेस्ड होकर के जीएसटी नंबर अलॉट किया जाता है अब एक रीसेंट केस जो मेरे सामने आया दोस्तों जो कि बहुत खतरनाक स्थिति दर्शाता है कि मेरे ही किनी नोन के रिलेटिव के नाम पर किसी व्यक्ति ने ऑलरेडी उनके पैन का प्रयोग करके एक जीएसटी नंबर लिया और जीएसटी के बिल्स भी हो सकता है कार्ड जी अब ये जो जीएसटी बिल्स दोस्तों काटे उसके बेसिस पर उन सज्जन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नोटिस भेजा कि आपने इतना करोड़ों रुपए का जीएसटी का ट्रांजेक्शन किया से सेल परचेज के ट्रांजेक्शन किया आपने आई तो भरी नहीं तो उन व्यक्ति के कान खड़के के, अरे ये क्या हुआ मेरे पेन का किसी व्यक्ति ने प्रयोग करके और जीएसटी पर काम कर लिया इससे मेरे दिमाग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई कि क्यों ना मैं करदाताओं को यानी एस एट लार्ज को सजग करूं कि वो ये पता चला पाएं कि कहीं उनके पैन का भी प्रयोग जीएसटी परपजेस से किसी प्रकार के फर्जीवाड़े के लिए तो नहीं किया गया और दोस्तों ये संभावना उस जगह बहुत ज्यादा रहती है जहां पर आप अपने पैन का रेगुलर उपयोग नहीं करते यानी आपका पैन लगभग इनेक्टिव है से रिटर्न्स नहीं भरी जा रही या जो भी आपका सीनियर सिटीजन्स के केसेज हैं वहां पर हम ज्यादातर रिटर्न नहीं भर रहे पर पैन नंबर ले रखा है तो दोस्तों आज के इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ ये बात डिस्कस करने वाला हूं कि आप कैसे पता चलाएं कि आपके और आपके परिवारजनों के पैन का कहीं जीएसटी परपजेस से कोई प्रयोग तो नहीं कर लिया गया है और यदि किया गया है तो उसकी कैसे रोकथाम की जा सकती है तो दोस्तों यदि हमें ये पता करना हो कि हमारे स्वयं के या हमारे किसी फैमिली मेंबर के पैन का कहीं दुरुपयोग तो नहीं हुआ जीएसटी परपजेस से तो हमें सबसे पहले ब्राउज़र पर या गूगल पर जाकर के www.gst.gov.in इस पर क्लिक करना है। जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारे को कुछ ऑप्शन मिलेगा गुड्स एंड सर्विस और इसमें होम सर्विसेस जीएसटी लॉ डाउनलोड सर्च टैक्स ऐसे ऑप्शन अवेलेबल है आपको सर्च टैक्स ऑप्शन पर क्लिक करना होगा जब आप सर्च टैक्सपेयर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको चार नए ऑप्शन मिलेंगे सर्च बाय जीएसटी आई आईडी एंड सर्च कम टैक्स करेंगे तो आपको अगली एक विंडो दिखेगी। अब इस विंडो में दोस्तों जब आप सर्च बाय पेन करेंगे तो आपको सर्च टेक्सपेयर परमानेंट अकाउंट नंबर इंसर्ट करने के लिए कहा जाएगा तो आप अपना या अपने फैमिली मेंबर का यहां पर पेन नंबर इंसर्ट करके सर्च के बटन पर आपको क्लिक करना है तो मान लीजिए मैंने यहां पर अपना पैन नंबर डाला और जो कैप्चा कोड दिया है वो डाला फिर मैंने सर्च के बटन पर क्लिक किया अब देखिए रिजल्ट नीचे लिख, लिखा हुआ आएगा परमानेंट अकाउंट नंबर मैंने दिया था कैप्चा कोड डाला मैंने सर्च पर क्लिक किया सर्च रिजल्ट बेस्ड ऑन दिस एंड दिस पैन नो रिकॉर्ड फॉन्ड यदि नो रिकॉर्ड फोन लिखा आता है इसका मतलब मेरे पेन नंबर का प्रयोग जीएसटी के परपजेस से अभी तक नहीं हुआ तो आई एम इन सेफ पोजिशन अगर मान लो किसी को यहां पर कुछ लिखा मिले यानी आपने एक पेन डाला और यहां पर नो रिकॉर्ड फॉन्ड की जगह आपको एक अगली विंडो जो मैं दिखाने वाला हूं, वो भी मिल सकती है सपोज हमने जो पेन इंसर्ट किया उस पर किसी ने ऑलरेडी जीएसटी नंबर ले रखा है ठीक है और मैं ये मान के चल रहा हूं कि जीएसटी नंबर यहां पर किसी ने गलत तरीके से फ्रॉडुलेंट मैनर में लिया है क्योंकि अगर मैंने लिया है जीएसटी नंबर तो तो मुझे पता ही होगा लेकिन अगर किसी और ने लिया है और इस तरह से इंफॉर्मेशन दिखे कि सर्च रिजल्ट बेस्ड ऑन योर पैन सो एंड सो ये आपको एक जीएसटी आई नंबर यहां पर मिले और आपको स्टेटस एक्टिव या इनएक्टिव मिले तो आप समझ सकते हैं कि हाँ साहब यहां पर तो कुछ ना कुछ पैन का गलत प्रयोग जीएसटी परपजेस से हुआ है तो ये एक चेक करने का बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम है कि आप ऑनलाइन चेक कर पाए कि कहीं आपके आपके फैमिली मेंबर आपके किसी नोन के पैन का जीएसटी पर्पजेस से तो दुरुपयोग नहीं हो रहा अब दोस्तों रादर देन गोइंग टू जीएसटी पोर्टल यदि आप अपने इनकम टैक्स लॉगिन से ही फॉर्म ट्वेंटी सिक्स डाउनलोड करें तो आपको छब्बीस एयर्स डाउनलोड करने पर एक 26 एयर्स में पार्ट एच डिटेल ऑफ टर्न एज पर जीएसटी आर थ्री देखने को मिल सकता है यदि यहां पर एक जीएसटी आई नंबर और आपको इस प्रकार की रिटर्न से रिलेटेड डिटेल मिले तो आप समझ सकते हैं कि ओके मेरे पैन पर किसी व्यक्ति ने जीएसटी के ट्रांजैक्शन हो सकता है कर रखी हूं तो ये भी एक तरीका है जिससे आप पता चला सकते हैं कि कहीं आपके पैन का प्रयोग जीएसटी पर्पजेज तो नहीं किया गया हालांकि मैं ज्यादा ऑथेंटिक तरीका दोस्तों जीएसटी की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके थ्रू जो पता करने का मैंने रास्ता बोला वो मेरी ओपिनियन में ज्यादा पक्का तरीका है एट द एंड माय डियर फ्रेंड्स अगर मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली आपके अथवा तो आपके किसी नोन का पैन का प्रयोग जीएसटी हेतु किया गया और अब यह आपकी नॉलेज में आता है तो आपको करना क्या चाहिए मेरा सजेशन है कि आप एक एफआईआर लॉज कराएं संबंधित पुलिस थाने में जो भी आपका निकटतम हो कि हां साहब मेरे जीएसटी का दुरुपयोग किया मेरे पैन का दुरुपयोग किया गया है किसी व्यक्ति ने मेरे पैन पर जीएसटी लिया और इसकी सूचना आप एफआईआर सहित जीएसटी विभाग को भी दे सकते हैं ताकि वो अपने स्तर पर इंक्वायरी करें तो ये एक तरीका प्रॉबेबली सॉल्यूशन हो सकता है जो मैं यहाँ पर सजेस्ट करना चाहता था तो मुझे लगता है, दोस्तों, ये जनता जनार्दन में बहुत जरूरी है जाने कहीं उनके पैन का जीएसटी परपजेस से कहीं फर्जीवाड़ा करके फ्रॉडुलेंट तरीके से प्रयोग तो नहीं किया गया और यदि है तो क्या करेक्टिव एक्शन हमें इमीजिएटली लेना है वो भी मैंने इस वीडियो के थ्रू आपके सामने रखा सो आई होप You will find it useful. Thank you very much. Wishing you all the best. Jai Hind.